आप लोगों में से जॉब कौन कौन करता है हाथ उठाओ कोई शर्म की बात नहीं मेहनत करो ठीक है आप लोग से वर्क मुझे उनके लिए ठीक फील होता है पर जो जिनका अभी वर्क फ्रॉम होम चला उनका लग रहा है क्या सेक्सी लाइफ चल रही है मैं एक चीज बता दे रहा हूँ अगर किसी दिन इनको एचआर की तरफ से कॉल आ गया कि ऑफिस आ जाओ पहले इन्हें मौत आएगी अभी ये इस लायक रहे ने कि अपने पैरों पर चल के ऑफिस जा पाए इनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका है इनकी छाती भी निशान पड़ चुके हैं लैपटॉप